the पढ़ ले सब लिखा आंखों में सब लिखा है आंखों में एक बार गा दो भर दे क्या बात है? इतनी सारी अरदासें लग रही हैं मैं दू आपको तो गारंटी की आपकी बात बनेगी चाहते हो गारंटी कौन कौन चाहता है सुनो गारंटी क्या होती है आपकी बात बनने वाली नहीं है मान लो आप अकेले खड़े हो गए मंदिर के अंदर एक सड़ा हुआ फल ले जाना पुजारी जी क्या कहेंगे वापस ले जा और एक टोकरी में फल भर के ले जाना उसके नीचे वो सड़ा हुआ लगा देना पुजारी जी क्या करेंगे मंदिर में रख लेंगे। ऐसे ही आपकी अकेले की अर्जी हो सकती है सुनवाई ना हो लेकिन जब इतनी बड़ी टोकरी की अर्जी लगेगी तो आपका भी फल चरणों में लगी जाएगी ऐसा मैंने दुनिया के बोले सहे सावरिया। इस जमाने के मोल सके इस जमाने के सहे। भूले न श्याम तुम तो भूले भूले क्या रखा बातों में तो क्या रखा है बातों दोनों तो हाथ खोल के गाना वो भरी दे रहे श्याम फिर भी इनकी झोली नहीं भरी तो तेरे इतने उच्च सिंहासन का क्या फायदा उठा रहे ये दोनों हाथ इनकी झोली खाली नहीं जानी चाहिए मुरादे पूरी कर दे बाबा एक दो तीन चार